तो चलिए दोस्तों मैं हूं नितेश और मैं आपको बताने वाला हूं कि आपके जो खाते में ई श्रम वाली पहली किस्त है वो कब आने वाली है इसके बारे में फुल जानकारी चलिए मैं आपको इनके दो रास्ते बताता हूं तो सबसे पहले हम टाइप कर लेते हैं यहां पे ई श्रम गूगल पे जाएंगे और खोलेंगे ई श्रम डालेंगे तो मैं आपको यहाँ पर दो रास्ते बताऊँगा थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे ई श्रम होम ई श्रम होम वाले पे हम क्लिक करेंगे और क्लिक करके देखेंगे दोस्तों के यहाँ पे कैसा इंटरफ़ेस आपको देखने को मिलेगा तो आपको सारी जानकारी मिलेगी ये रुपए आए हैं आपके खाते में या नहीं आए हैं जिनके अकाउंट में मोबाइल नंबर लिंक नहीं है वो कैसे पता चलेगा तो हम थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे ये आपको यहाँ पे एक हेल्प डेस्क नंबर दोस्तों देख, देखते हैं कि यहाँ पे आपको हेल्प हेल्प डेस्क नंबर देखने को मिलेगा तो इस पर हम कॉल कर सकते हैं इस पर हम कॉल करके सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि हमारी किस्त आई है या नहीं आई है क्यों आई है क्या है सारी जानकारी हमको प्राप्त होगी चलिए आपको अब दूसरा तरीका बताते हैं दूसरा तरीका बताते हैं दोस्तों हम गूगल पर जाएंगे दोबारा से और यहाँ पर हम टाइप करेंगे पी एफ सॉरी पी पी जी यहाँ पे हम टाइप करेंगे और देखेंगे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे और ये पहली वाली नंबर पे हम इसको क्लिक कर देंगे तो आपको ये कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा जैसे हम नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ पे लिखा होगा दोस्तों नो योर पेमेंट्स नो योर पेमेंट्स तो इस पर हम क्लिक करेंगे और थोड़ा सा कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने को देखिए आप पहला वाला कॉलम जो है इसमें दोस्तों यहाँ पर बैंक बैंक सेलेक्ट करना है हमको तो अपने बैंक का फर्स्ट लेटर हमको यहाँ पर टाइप करना है तो जैसे हम टाइप करेंगे तो नीचे अपने आप से बैंक आपकी आ जाएगी आप उसको सेलेक्ट करके कर सकते हैं उसके बाद दूसरा ऑप्शन आया दोस्तों यहाँ पे इंटर अकाउंट नंबर इंटर अकाउंट नंबर तो मैं अपना अपना इसमें जो है अकाउंट नंबर डालना है और सेकंड में वेरीफाई करना है फिर यहाँ पे ओ जाएगा और आपके एक मोबाइल नंबर पर जाएगा जो आपका रजिस्टर मोबाइल नंबर होगा उस पर ओ जाएगा तो हम उस ओ के द्वारा यहाँ पर पता कर सकते हैं कि ये आपका जो है किस्त यहाँ पे पहुँची कि नहीं पहुँची आपको सारे बैलेंस की जानकारी हो जाएगी और यहाँ पे एक स्टेटमेंट निकल के आएगा तो आपके अकाउंट में सब कुछ पता चलेगा चलिए दोस्तों मैं आपको कुछ जानकारी दे देता हूँ जहाँ तक मेरे पास जानकारी है वो हमारे यूपी में पचहत्तर जिलों में से ए से स्टार्ट हुआ दोस्तों ए से स्टार्ट हुआ तो है तो औरैया बुलंदशहर इन जिलों में जो ईशरम का जो रुपये है दोस्तों पहली वाली किस्त वो पहुँच चुकी है तो अभी आप काउंट कर लीजिए कि आपका किस नंबर पर आने वाला है जो डिस्ट्रिक्ट है उस डिस्ट्रिक्ट में ए से स्टार्ट होके जैड तक दोस्तों चलेगा जैस तक धन्यवाद दोस्तों